कहे दूध भागता रुको राव में सोती जा वो रे बिचारों तनी ये ही पे पलटी जा वो रे बिचारों तनी ये ही पे पलट कहे दूध भागता रुको राव में सोती जा वो रे बिचारों तनी ये ही पे वो बेरी धारे दफान जन हो कोड़ावा में आवाया ही माजन हो आयन को बेरी धारे दफान जन हो कोड़ावा में आव को को मिली माजन हो बो नलबनी जाज याज तूरो जोनी धारे हो मिलोलबर के मोका तो पूरा कलमो दहिया जवानियाँ क्या चीखे दह हो, जैसे लोग लिखे वैसे लिखे दह हो। दहिया जवानियाँ क्या चीखे दह हो, जैसे लोग लिखे वैसे लिखे दह। तो पहिला उठाने बाटे दो बार